नीलांजना समाभाषम रविपुत्रम यमागुजम छाया मातंड सम्भुतम तम नमामि शनिश्चरम ओम शन शनिश्चराय नमास दर्शकों दिनांक 28 सितंबर का दैनिक राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नया लेकर के आया है इस पर हम दृष्टि डालेंगे साथ ही साथ दर्शकों हम आपको बताएंगे कि आज का पंचांग क्या कहता है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए दिव्यतम से दिव्यतम प्रयोग आप लोगों को बताएंगे तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा विक्रम इकतालीस सूर्योदय होगा प्राथत छह बजकर एक मिनट पर और सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर तिरपन मिनट पर नक्षत्र रहेगा उत्तरा फाल्गुनी इसके उपरांत हस्त नक्षत्र रहेगा करण जो रहेगा ये चतुष्पाद नाथ और इसके उपरांत करण रहेगा दर्शकों पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना होता है तिथिवार नक्षत्र योग करण तो कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी 11 बजकर छप्पन मिनट तक की इसके उपरांत तो की पता लग जाएगी अमावस्या तिथि के बारे में दर्शकों हमने पूर्व में आपको बताया था कि जो सार लाल रंग का होता है वो नहीं खाना चाहिए काँसे की कटोरी में किसी भी प्रकार के जो है आहार का सेवन नहीं करना चाहिए और अमावस्या वाले दिन या पूर्णिमा के दिन इन सब ये सभी जो तिथियाँ हैं ना दर्शकों ये बहुत ही ज़्यादा जो है विस्फोटक तिथि मानी जाती है तो कोशिश कीजिएगा कि इसमें किसी भी प्रकार के जो है शारीरिक रिलेशन आप लोग जो है मतलब मत बनाइएगा योग रहेगा शुक्ल इसके उपरांत ब्रह्म योग रहेगा वार रहेगा शनिवार और अधिष्ठात्री देव रहेंगे शनिदेव रहेंगे दर्शकों दिशा की बात कर लेते हैं शनिवार को पूर्व दिशा की ओर दिशा होता है यदि आपको पूर्व दिशा की ओर यात्रा करनी पड़ तो कोशिश कीजिएगा कि अदरक का और घी का सेवन करके आप यात्रा करिएगा और हो सके तो पश्चिम दिशा की ओर पहले आप चार पक्ष चलिएगा तद उपरांत पूर्व दिशा की ओर जाइएगा राहु काल पर दृष्टि डाल लेते हैं राहु काल एक ऐसा काल एक ऐसा समय एक ऐसी वेला कि शुभ कार्यो को आप लोगों को नहीं करना है तो राहु काल रहेगा सुबह आठ बजकर उनसठ मिनट से दस बजकर अट्ठाईस मिनट तक की यदि आपको शुभ कार्यों को करना होगा तो विजय मुहूर्त में कर लीजिएगा एक बजकर छप्पन मिनट से दो बजकर तिरालीस मिनट तक का विजय मुहूर्त रहेगा और दर्शकों अमृतकाल का भी हम आपको आज समय बताए दे रहे हैं तो दोपहर तीन बजकर छियालीस मिनट से पाँच बजकर दस मिनट का समय बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए उपयुक्त रहेगा बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा आगे बढ़ें जो है राशिफल पर उससे पहले आप सभी गर्मान श्रोता लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए डेली राशिफल आपके नोटिफिकेशन में बिना किसी बाधा के पहुंचे तो बेल आइकन आप लोग जरूर दबाइए मेष राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा तो देखिए मेष राशि के जातको आज किसी भी कार्य को करने में आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करना है लापरवाही नहीं करनी है शारीरिक कष्ट की आज आशंका है आज भावनाओं में बह करके कोई निर्णय मत लीजिएगा आज उस संगति से और ऐसे दोस्त जो आपको जो है गर्त में ले जाना चाहते हैं या आपको दलदल में ले जाना चाहते हैं ऐसे दोस्तों से आज आपको दूर रहना पड़ेगा धूम्रपान इत्यादि से आज आपको दूर रहना पड़ेगा आज आपकी कोई आवश्यक वस्तु खोती हुई दिखाई पड़ रही है कुल मिलाकर के आज तनाव आपके लिए रहने वाला है आय में निश्चितता रहेगी व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ होगा खास करके यदि आप सरकारी जो है नौकरी में है थोड़ा सा आज का दिन बच के रहिएगा उच्चाधिकारियों से कोई वाद विवाद इत्यादि भी हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा हनुमान अष्टक का आप लोग पाठ करिए हनुमान जी के दर्शन करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा वृषभ राशि साथ रहेगा सभी कार्य आज आपके निर्विघ्न पूर्ण होंगे कोर्ट कचेरी से संबंधित मामलों में भी आज आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी पूर्व में यदि किसी को आपने पैसा दिया है तो आज वो आपकी उधारी लौटाते हुए दिखाई पड़ेंगे धन प्राप्ति का मार्ग सुखद होगा किसी से बात विवाद व्यर्थ की मत करिएगा अन्यथा किसी कानूनी उलछन में भी आप लोग फंस सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा क्योंकि शनि की ढैया का अंतिम चरण चल रहा है तो कोशिश कीजिए दशरथ में शनि स्रोत का पाठ करिए और पीपल के वृक्ष पर आज आपको जल अर्पण प्राथाकाल करना रहेगा और शाम को सरसों के तेल के एक दीपर जलाना रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा ग्रीन शुभ अंक आपके लिए आज रहेगा तीन और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण दिशा वहीं मिथुन राशि के जातकों तो आज कारोबार में वृद्धि के योग बन रहे हैं संपत्ति के कार्य से बड़ा लाभ आज कोई आप ले सकते हैं किसी से व्यर्थ का बात विवाद प्रमाण मत करिएगा उन्नति के मार्ग प्रशस्त होगी शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड इत्यादि में मनोनुकूल लाभ होगा जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा घर बाहर आज आपकी प्रसन्नता बनी रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा सुंदर का आज आप लोग पाठ करिए शुभ कलर रहेगा आपके लिए व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन शुभ दिशा आपके लिए रहेगी रहेगी दक्षिण दिशा कर्क राशि के जातकों के लिए तो आज स्टूडेंट से लिए बहुत स्टूडेंट से जुड़ा हुआ आज बहुत अच्छा दिन रहने वाला है कोई एग्जाम ये देने जा रहे तो आज आप उसमें सफल होते हुए नजर आएंगे आपके बौद्धिक कार्य सफल होंगे किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का सहयोग व मार्गदर्शन प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज कहीं पर जो है पार्टी या पिकनिक का वीकेंड तक जा सकते हैं और कार्यक्रम बना सकते हैं माता पिता के साथ आज आप लोग किसी धार्मिक क्रिया में प्रतिभाग करते हुए नजर आएंगे मनपसंद भोजन का आनंद प्राप्त होगा आज यदि कोई आप निवेश करते हैं तो जो है आपके शुभ रहेगा आज पूर्व दिशा दिशा का बस ध्यान रखिएगा सिंह राशि के जातको क्या कुछ कहते हैं किसी के उपसाने में नहीं आना है धन हानि की आशंका है भावना में बहकर जो है कोई जो है निर्णय मत करिएगा अपने विवेक का बुद्धि का प्रयोग करिएगा व्यापार से आज लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कोई शोक समाचार भी आज आपको शाम मिलेगा पेशेंस बनाए रहिएगा आज आपके शरीर में थकान व कमजोरी भी लगी रह सकती है भागदौड़ बहुत ज़्यादा रहेगी आय में निश्चितता बनी रहेगी किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व के संपर्क में आकर के आज आपके कुछ कार्य सिद्ध होते हुए नजर आएंगे पिता के स्वास्थ्य को लेकर के मन थोड़ा सा आपका जो है द्रवित होगा दुखित होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज देखिए कोशिश कीजिए कि जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहां पर कुछ लोगों को जो है चाय अदरक वाली जरूर पिलाइए दूसरा करना यह रहेगा कि किसी छोटी कन्या को आज आपको कुछ मीठा देना है हनुमान जी के दर्शन करिए आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी रहेगी पश्चिम दिशा वहीं कन्या राशि के जात को तो आज आपको मेहनत का फल प्राप्त होगा सहाय लोगों की मदद करने की इच्छा रहेगी घर बाहर आज, आज आप जो है कोई नई चीज़ परचेज करते हुए नजर आएंगे विशालु व्यक्तियों से आज, आज आपको सावधान रहना रहेगा नौकरी में आज, आज आपका प्रभु और प्रभाव बढ़ेगा सोर्स ऑफ इनकम आज आपकी एक से अधिक होगी के नए स्रोत तो प्राप्त होंगे आज आपका कुल मिलाकर के जीवन सुखमय रहेगा वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा वहीं संतान को लेकर के आज आपको कोई गुड न्यूज प्राप्त होती हुई नजर आ रही है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन शनि मंदिर में जा करके शनिदेव को तिल से बना हुआ तेल जो है इसको आपको चढ़ाना है सरसों का तेल नहीं चढ़ाना है तिल का तेल आता है इसको आप लोग अर्पण करिए और दशरथ की शनि स्रोत का वहीं पर पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा तुला राशि के जात को क्या कुछ कहते हैं सितारे आज के आपके तो दूर से अच्छे समाचार प्राप्त होंगे पुराने मित्रों से आज आपकी मुलाकात होगी इसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से आज के दिन आपका परिचय हो सकता है और आगे ये रिलेशन आपका बहुत दूर तक जाएगा सिद्ध होगा व्यापार व्यवसाय अच्छे से चलेगा विवाद से बचिएगा यदि आप कॉस्मेटिक चीजों से रिलेटेड फूड से रिलेटेड या जो है कपड़ों से रिलेटेड कोई व्यापार करते हैं तो इसमें आज आपको मोटा मुनाफा होगा धन प्राप्ति सुगम होगी इसी रेंटल प्रॉपर्टी के आज आपके जो है बिकने की संभावना दिखाई पड़ रही है आ, किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले थोड़ा सा आप उसको पढ़ लीजिएगा तब साइन करिएगा आंख बंद करके किसी पर हस्ताक्षर मत करिएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि आप लोग रुद्राष्ट का पाठ करिए और भगवान भोलेनाथ पर तो शमी पत्र से जल अभिषेक करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छे शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा वहीं वृश्चिक राशि के जात को क्या कुछ कहता है आज का दिन तो काफ़ी समय से कोई बहुत बड़ा रुका हुआ कार्य आज पूर्ण होगा सफलता प्राप्त होगी आज प्रसन्नता का माहौल आपके घर में रहेगा आय में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं आ, निवेश में जल्दबाजी मत करिएगा भाग्य की अनुकूलता का आज भरपूर लाभ लीजिए पेपर देने एग्जाम देने जा रहे हैं इस वृश्चिक राशि के स्टूडेंट हैं तो आज, आज आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो भगवान भास्कर को आज आपको अर्घ देना है आदित्य स्रोत का तीन बार पास करना है शुभ कलर आपके लिए रेड रहेगा शुभ अंक आपके लिए आठ रहेगा शुभ दिशा आपके लिए पूर्व दिशा रहेगी धनु राशि तो कोई बहुत बड़ा खर्च आज सामने आ सकता है आर्थिक स्थिति कुछ आपकी बिगड़ती हुई दिखाई पड़ेगी कुसंगति से हान होगी अपने विवेक का आज आपको प्रयोग करना है व्यस्तता के चलते आज कुछ आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है नौकरी में किसी से विवाद हो सकता है क्रोध मत करिएगा व्यापार निवेश व यात्राएं आज के लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो पुरुष सूत्र का पाठ करिए और गाय को कोशिश कीजिए कि बेसन से बनी हुई कोई चीज जरूर खिलाएं शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा छे शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण दिशा वही कैप्सिकॉन मकर राशि के जातकों तो आज सोर्स ऑफ इनकम आपकी एक से अधिक होगी नए स्रोत आपके प्राप्त होंगे रुका हुआ धन आज आपको प्राप्त होगा लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं आज जीवन साथी से चला आ रहा मतभेद दूर होगा लाभ के अवसर आप में आएंगे व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा नौकरी में नए काम मिल सकते हैं कुल मिलाकर के आपके मन में प्रसन्नता बनी रहेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी रहेगी दक्षिण दिशा कुंभ राशि की ओर चलते हैं कुंभ राशि के जातकों को आज क्या करना रहेगा तो देखिए कुंभ राशि के जातकों आज आपकी योजनाएं फलीभूत होगी आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं नए अनुबंध नए बिजनेस डील असाइन हो सकती है प्रभावशाली व्यक्ति तो का सहयोग व मार्गदर्शन प्राप्त होगा सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी घर बाहर प्रसन्नता का वातावरण निर्मित होगा जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करिएगा वाहन सावधानी पूर्वक आज आपको चलाना रहेगा कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन दूध से भगवान भोलेनाथ पर अभिषेक करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ग्रे शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा अंतिम राशि मीन राशि लेकिन दर्शकों प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए बेल आइकन जरूर दबाइए फेसबुक पेज पर देखने तो हमारी इस पेज को भी लाइक कीजिए मीन राशि के जाकर तल तो संबंध में रुचि जागृत हो सकती है किसी विद्या विद्वान व्यक्ति का आज मार्गदर्शन हो प्राप्त होगा काल से लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है क्रोध भाव उत्तेजना पर अपने आप को नियंत्रण रखना रहेगा धन प्राप्ति के प्रयास जो आप कर रहे हैं उससे आज आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कुल मिलाकर के चारों से सहयोग प्राप्त होगा खास करके आज यदि आपका कोई एग्जाम्स है तो वो आपका बहुत अच्छा जाएगा आज कोई नई नौकरी इत्यादि नया कोई जो है कार्य आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है उच्चाधिकारी कार्यक्षेत्र में आपसे प्रसन्न रहेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोग शनि मंदिर जाइए और शनि देव के दर्शन करिए और पीपल के वृक्ष की सात बार परिक्रमा करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला रंग शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण तो दर्शकों ये तो था हमारा राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो सब्सक्राइब करिए बदल में बना वना बेलाइकन दबाइए अपनी जन्म कुंडली के यदि हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके विश्लेषण करवा सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय शनिदेव